हाय फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल् को, कंप्यूटर कोर्सेज के सी में तो आज के वीडियो में लोग देखेंगे डेट फंक्शन का कुछ बचा हुआ पार्ट था जो कि पिछले वीडियोस में नहीं कवरअप हुआ था तो आज पार्ट टू लेकर के आए हैं डेट फंक्शन का तो इस वीडियोस में हम देखेंगे और सारे फंक्शन और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और अगर चैनल बना है तो सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए अपने आप को पता ही है कि हम अपना खुद का नोट्स लिखते हैं और उस नोट्स को हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं पी डी फॉर्म में तो आप जरूर इसको पढ़िए देखिए देखिए है क्या डेट फंक्शन में हम लोग पंद्रह फंक्शन पिछले वीडियो में पढ़े हैं अगर वो वीडियो देखना है तो I बटन पर क्लिक कीजिए देखिए ऊपर नोटिफिकेशन में आ रहा है इस बटन पर क्लिक करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं उस वीडियो को भी तो ईयर फैट फंक्शन का नाम अगला क्या होगा ईयर फैक ये फंक्शन क्या करता है कि, कि किसी वो दो वो डेट के बीच दो डेट के बीच का जो भी वैल्यू होगा वो ईयर के फॉर्मेट में देगा और वो डेसीमल में होगा मतलब कि वो लिखेगा नहीं वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फाइव ईयर नहीं वो डेसिमल का फॉर्मेट में देता है चाहे वो जैसे भी देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल रन कराए हुए हैं चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने एक्सेल पे और यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल बहुत छोटा सा ईयर फ्राइक एक तारीख पहला महीना दो ये स्टार्टिंग डेट हुआ और एक तारीख सातवा महीना दो एंडिंग डेट हुआ अब यहाँ पे एक आता है बेसिस बेसिस का मतलब कौमा दे करके आप यहाँ चूज कर सकते हैं कि आप यूएस के तरीके से यूज करना चाहते हैं यूएस बेसिस या एक्चुअल बेसिस या एक्चुअल तीन सौ साठ एक्चुअल तीन सौ पैंसठ ये पिछले वीडियो में आपको पता है यूरोपियन तीन तीस तीन सौ साठ ये सारे चीजें आपको पिछले वीडियो में बताया गया तो पिछले वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तो हम आसानी से अगर चाहे बेसिस देना तो देंगे नहीं चाहे तो नहीं देंगे इंटर बटन दबाइएगा तो यहाँ पे देखिए क्या आया जीरो रीजन की एक तारीख पहला महीना से लेकर के एक तारीख सातवें महीने तक में छह महीना ही होता है अगर हम इसको सीधा सीधा बोले कि नहीं आप 31 तारीख हो जाइए और सातवा महीना के जगह बारहवा महीना हो जाओ तो देखिए अब ये आंसर कितना देगा एक रीजन कि अब इसके बीच में एक साल का अंतर हो गया तो ईयर फैक्ट का मतलब होता है कि यह किसी दो डेट के बीच का ईयर वैल्यू को घटाता है ठीक है देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जीरो पॉइंट फाइव महीना मतलब वन बट ईयर ठीक है और वन मीन्स वन ईयर मतलब पूरा साल तो चलते हैं हम अगले फंक्शन फंक्शन की ओर बहुत कौन सा दिन है ये, सा ये सारी चीजें देखने के लिए ये सारी चीजें बहुत आसानी से इसमें क्लियर हो जाएगी तो देखिये इसका सीरियल ये सिंटेक्स क्या है बराबर वीकडे सीरियल नंबर चाहे डेट दोनों में से कोई दीजिए कॉमर रिटर्न टाइप अब सीरियल नंबर सीरियल नंबर आपको पिछले वीडियो में पढ़ा है वो चीज आप दिमाग में रखिए पिछला वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए तो सीरियल नंबर डेट और रिटर्न टाइप ठीक है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सीरियल नंबर डेट और रिटर्न टाइप ये क्या करता है चले वीकडे के पास सब वीकडे का, का काम होता है देखे हम आसानी चाह लिखे रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप का मतलब होता है आपको पता होगा रिटर्न लिखा गया है रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि वन आंसर अगर आता है तो वन बराबर संडे टू बराबर मंडे थ्री बराबर ट्यूजडे वेटनेसडे इस तरीके से तो ये वन डालिएगा तब ये आंसर आएगा अगर टू डालते हैं तो वन बराबर मंडे हो जाएगा यहाँ पे देखिए टू बराबर मंडे था यहाँ पे वन बराबर मंडे मतलब रिटर्न टाइप पे सारा आपका आंसर निर्भर करेगा तो चलिए हम यहाँ लिखे हैं कि 31 तारीख पहला महीना 2022 मतलब आज का दिन आज का दिन देखिये यहाँ रिटर्न टाइप अगर वन चूज करते हैं तो आज का दिन कौन सा होगा तो आज का दिन आपको पता है मंडे है तो देखिए अगर हम वन चूज करते हैं तो आंसर क्या है टू आया देखिए रन करा के आपको दिखाते हैं बराबर क्या लिखे हैं बराबर वीक डे और यहाँ मांग रहा है सीरियल नंबर के जगह पे डेट दे, दे दीजिए कॉमा है रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप आप देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ ना तो हम आपको एक एग्जाम्पल से दिए तीन को दिखाए हैं आपको उस तरीके से आप सब रन करा सकते हैं तो हम अगर वन लिखते हैं तो वन लिखते हैं तो क्या आंसर होगा अब बताइए आज का दिन मंडे है तो मंडे के मतलब दो आंसर आना चाहिए देखे आ करके दोबारा ना उसी तरीके से आप रिटर्न टाइप बदल के भी आंसर ला के देख सकते हैं अगर रिटर्न टाइप टू लिखेंगे तो वन आना चाहिए ना आंसर चलिए देखिए बराबर वीक डे और यहाँ है ये मेरा डेट हो गया कौम ये मेरा रिटर्न टाइप हो गया इंटर बटन दबा के देखिए क्यों डेट नहीं बदलेगा वो मंडे ही होगा और यहाँ पे कितना ना चाहिए जीरो क्योंकि मंडे बराबर जीरो है तो इस तरीके से हम आसानी से अब यहाँ पे दिमाग में क्या रखना है कि हम कौन सा रिटर्न टाइप चूज किए रिटर्न टाइप अगर आप सही पकड़ लीजिएगा मतलब कोई एक ही याद रखना है तीनों ने याद रखना है कोई एक को पकड़ के रखिए कोई एक को याद करके रखिए और एक याद रहेगा तो सारा आंसर आ जाएगा डिफॉल्ट यही लेता है डिफॉल्ट ये इसका डिफॉल्ट है, जो कि आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या लेता है तो वन बराबर संडे सेवन बराबर सैटरडे जो रिटर्न टाइप वन के नाम से जाना जाता है ठीक है तो बोलिए वीकडे में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सप्ताह का दिन आप काउंट कर सकते हैं आप सप्ताह का दिन निकाल सकते हैं उसी तरीके से चलिए आगे चलते हैं विकनम के पास विकनम का काम क्या होता है कि यह सप्ताह के नंबर्स को बताता है कि आप अभी जो डेट इनपुट दिए हैं यह डेट इस साल के कौन से सप्ताह में है ये काउंट करके आपको बताता है विकनम ठीक है इसमें भी होता है रिटर्न टाइप मतलब कि आपका सप्ताह किस दिन से स्टार्ट हो रहा हो सकता है कि कोई संडे से स्टार्ट करे कोई मंडे से करे कोई ट्यूजडे से करे इस तरीके से रिटर्न टाइप मिलते हैं तो चलिए यहाँ पे बीस का 31 तारीख पहला महीना 2022 हजार बाईस रिटर्न टाइप अगर वन लेते हैं तो आंसर क्या आता है बराबर वीकनम ठीक है सीरियल नंबर मेरा ये हो गया कोमा रिटर्न टाइप वन का मतलब संडे से स्टार्ट सप्ताह हो रहा है अब देखिए हम चलते हैं आंसर आंसर देखने तो है अब देखिए यहाँ से संडे है ना इस महीने में तो एक सप्ताह दूसरा सप्ताह तीसरा सप्ताह चौथा सप्ताह पांचवा सप्ताह और एक छठा सप्ताह आ रहा है ना मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में हमें कितना सप्ताह लगा छठा सप्ताह मतलब इकतीस तारीख में छठा सप्ताह उसी तरीके से पंद्रह तारीख बारहवा महीना दो कौन सा सप्ताह में था तो बावनवे सप्ताह मतलब 2021 के बावनवे सप्ताह में पंद्रह का काम होता बराबर और यहां है इक्यावन सप्ताह आ रहा है ना रिटर्न टाइप टू के वजह से लेकिन अगर रिटर्न टाइप वन कर दे तो मतलब थ्री करें जो भी यहाँ पे रिटर्न टाइप जैसे ही बदलिए थ्री रिटर्न टाइप नहीं होता सॉरी ग्यारह होता है हाँ ग्यारह होता है बारह होता है तेरह होता है 14 होता है देखिए चौदाह में कितना आ गया पचास आया ना क्यों क्योंकि रिटर्न टाइप चौदह का मतलब क्या होगा ये चीजें बात समझिए रिटर्न टाइप चौदह का मतलब क्या होगा तो रिटर्न टाइप चौदह का मतलब आपका हो जाएगा थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है मतलब कि ये जो डेट है ये थर्सडे के बाद का है मतलब फ्राइडे सैटरडे होगा ठीक है तो ये चीजें दिमाग में रखना है तो आप आसानी से किसी भी डेट का हम ये निकाल सकते हैं कि हम किस सप्ताह में जी रहे हैं ठीक है अब इसी के जैसा एक अंतिम फंक्शन डेट फंक्शन का ये लास्ट फंक्शन है, जो आई एसओ विकनम फंक्शन है और आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डिजेशन कॉन्सेप्ट फॉर विकनम ठीक है मतलब कि ये स्टैंडर्ड सॉरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डिजेशन ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है कि यह एक कंसेप्ट है जो क्लियर करता है जैसे आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि किसी भी डेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं एक तारीख पहला महीना उन्नीस सौ से तो वो एक कॉन्सेप्ट है ठीक है उसी तरीके से ये भी आईएसओ एक कंसेप्ट है जो क्या करता है क्लियर करता है देखिए हम बहुत आसानी से इजी तरीके से आपको समझाते हैं विकनम और आईएसो नी एक तारीख पहला महीना दो अगर हम विकनम की बात करें किस बात करें विकनम की तो ये आंसर क्या देगा कि ये पहला सप्ताह लेकिन अगर हम ISO की बात करें तो ये एसओ विक सप्ताह क्यों? देखिए पे जब हम गए तो मेरा ये जो जो सप्ताह है इसमें कहीं ना कहीं पिछले साल का भी हिस्सा है दिख रहा है ना तीस तारीख इकतीस तारीख उन्तीस तारीख अट्ठाइस तारीख सत्ताईस तारीख मतलब ये पिछले साल का भी हिस्सा है मतलब ये जो सप्ताह है ये प्रॉपर तरीके का यहां इकतीस तारीख तक तो बावन चलत अब बताइए ये दो के लिए अलग उस सप्ताह हमें पांच ही दिन कैसे होगा आइए सो बोलता है जिसे देखिए आप सीधा सीधा अगर हम बोलें यहाँ पे गए सॉरी यहाँ गए और बोले बराबर विकनम विकनम ठीक है और हम यहाँ पे सॉरी पहले डेट लिखते हैं यहाँ से कि कहाँ आया सताइस तारीख से सताइस सॉरी सताइस तारीख बारहवा महीना दो ठीक ठीक है है इसको हम ड्रैग करते हैं हैं एक तक लाते हैं, है? और यहां वीक और गए बोले क्लिक कर दिए तो ये दिया ना तिरपनवा सप्ताह और यहाँ तक मैं देखिये ये तिरपन में पांच ही डेट हुआ है और ये यहाँ पे बावन में ये पूरा आना चाहिए ना पांच डेट नहीं ना होता है तिरपन में कोई भी एक सप्ताह में पांच ही को डेट नहीं होता सात होता है तो आई क्या करता है कि जब तक ये पूरा सप्ताह खत्म नहीं होगा तब तक हम अगला सप्ताह काउंट नहीं करेंगे मतलब कि तीन तारीख जब आएगा तब ये बोलेगा कि यहां से पहला सप्ताह दूसरा सप्ताह तीसरा सप्ताह चौथा सप्ताह पांचवा सप्ताह ठीक है तो यही आपको समझा रहे थे कि आई और इसमें अंतर इतना ही है कि विकनम क्या करता है सप्ताह मतलब साल के पहले दिन से सप्ताह काउंट करता है और आईएसओ क्या करता है मंडे से काउंट करता है मतलब देखिए एक तारीख तीन तारीख मंडे होगा देखिए आप यहाँ पे आगेगा नोट्स में भी तो यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है यह जो भी है ये प्रोवाइड करता है आपके नहीं लिखा हुआ है इसमें अच्छा दिमाग में रखिएगा हम आपको बताते हैं कि हर साल में मंडे को ही ये कंटिन्यू करता है ठीक है और इसका जो भी होता है तो ये कैसे काउंट कर रहा है ये कैसे काम करता है ये दिमाग में आया आपको कि ये दोनों सप्ताह के दिन एक तारीख और दो तारीख ये इसके हिस्से हैं। इस सप्ताह में पांच ही को दिन नहीं ना होगा ये इस सप्ताह में सात दिन होगा तो सात दिन होने के लिए इसमें दूगो और जोड़ना पड़ेगा तो आई क्या करता है कि सप्ताह को सात बना के रखता है और वीकनम क्या करता है कि सप्ताह को बीच से भी छोड़ सकता है अगर साल बदल जाए तो हमको जहां तक लग रहा है कि उन्नीस फंक्शन आपके डेट फंक्शंस के साथ चले तो इस फंक्शंस में कहीं दिक्कत आपको वो नहीं होना चाहिए तो आप इस बात को दिमाग में रखिए और आइए आगे के वीडियो में फिर हम आपके साथ मिलते हैं टाइम फंक्शन के साथ धन्यवाद